तो दोस्तों भाईजान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है हर तरफ किसी का भाई किसी की जान पूरी तरह छा चुकी है पूरे थिएटर हाउस फुल चल रहे हैं फैंस का फिल्म के लिए जबरदस्त प्यार मिल रहा है किसी का भाई किसी की जान का क्रेज लोगों को सिर चढ़कर बोल रहा है फिल्म ओपनिंग दे से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है फ्रेंड्स इन सब के बीच दबंग सलमान खान के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि कुछ पायरेसी साइट्स पर सिनेमाघरों में रिलीज होते ही किसी का भाई किसी की जान को ऑनलाइन लीक कर दिया गया है भाई जान ने फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए ऑडियंस से अपील थी की वे फिल्म लीक न करें और किसी भी तरह के स्पॉयलर्स या वीडियो शेयर न करें इसके अलावा उन्होंने एक ई मेल जारी कर लोगो को पायरेसी की शिकायत करने के लिए कहा है हालांकि इन सब का कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट अनुसार कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को रिलीज होते ही लोकल वेबसाइट पर फ्री में दिखाने का दावा कर रही हैं, यानी कि फिल्म के लीक होने का ये वेबसाइट्स दावा कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ गैर कानूनी जैसे फिल्मी जिला एम पी फोर मूवीज पागलवाल वेगा मूवीज अपने प्लेटफॉर्म आरोप फिल्म किसी का भाई किसी की जान को रिलीज होते ही फ्री में दिखाने का दावा कर रही है जबकि किसी भी वेबसाइट को ऐसा करना गैर कानूनी है कहा जा रहा है की इससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आरोप असर पड़ सकता है इससे सलमान खान और निर्माताओं की चिंता बढ़ गई है किसी का भाई किसी की जान से पहले रणबीर कपूर की तू झी में और शाहरुख खान की पठान इसी तरह ऑनलाइन लीक हुई थी इस से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है लेकिन भाई जान के फैंस को उम्मीद है की ये महज अफवाहें हैं मेकरस अब इस नई मुसीबत का सामना कैसे करेंगे और सलमान खान क्या एक्शन लेते हैं यह जल्द ही सामने आएगा दोस्तों किसी का भाई किसी जान ऑनलाइन लीक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें